बाकी सब चीज प्लास्टिक है हाथ से खाता था से, से, अलग अलग चश्मा लिया तुम होमस्टिक से मारी मुझे सदमा दिया बोली की तू प्यार में नहीं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ने लगा था तेरी छाल सबका माल अफसर आई रे सर सब, सब वाल हो जाएगा मेरे साथ रेखे देख तुझे कोई ना मिलेगा पूरे रास्ते में एक मेरे जैसा जैसा देखो सही है भी अपने बेफीदा तू एक नंबर सही है